अच्छा। तुमसे सका भर भराटी न जाव बस अरे भरभराटी काल भर भरके सीटे उड़ाए तुमने पानी के का? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे ये देखो, दोनों तरफ़ हाँ कोई छीटे नहीं उड़े भाई। तुम नीचे आ जाओ, तुम्हें भिड़े बबीता जी के सामने इज्जत का फालूदा करे उससे पहले नीचे चला जाता हूँ चल रुक आता हूँ दो अरे, रुक रुक रुक रुक रुक। अरे दो मिनट आता हूँ वहाँ कहा जा रहे हो अरे दो मिनट भाई मैं आता मिनट मिनट नहीं नहीं रोकनाओगे दिखाने के लिए पे चीटे के शाम तक ऐसे मैं। अरे भाई कहा जा रही हो गुड मॉर्निंग मेरी मॉलिंग बिल्कुल भी गुड नहीं है झलन हो रही है आपसे मतलब उसका दुख हो रहा है किस बात का आ, किस बात बात का का आप बारे मास रोज भूले जॉगिंग के लिए जाते हैं हैं ना कसरत करते और वो नहीं कर पाता तो उस उसका बहुत दुख हो रहा है अरे फिर भाई उसमें क्या है आप भी तो रोज योगा वगैरह करते हो ना आई पर्सनली फील मैं भी उसको वही बोलता हूँ लेकिन क्या है ना इंसान का स्वभाव है ना वो बेटा जी तो खुद कितना भी अच्छा क्यों ना हो लेकिन दूसरे की अच्छा इसे थोड़ी बहुत जलन तो होती ही है चल क्या बात करने ही थे? तुम क्या बात कर रहे हो सॉरी आप दोनों में कुछ इम्पोर्टेंट बातें हो रही थी हाँ वही क्या हो रहा तो है क्या क्या बोल क्या रहे थे क्या बोल रहे थे जलन वलन क्या सच सच बताना नहीं होते जलन पर भला कैसा जलन <laughs> अच्छा नहीं होती है। कोई बात चलो। चलो चलो? चलो। क्या चलो। चलो। एह देखो। एह देखो। क्या? इधर ये ये देखो। देखो। अभी दिखे चीठे अरे भाई बिडे। मुबारक हो बिडे। मुबारक हो क्या हो अरे मुबारक है दोस्त क्या <laughs> बोल रहे हो तुम जेठालाल कि तेरे सखाराम को सूरत दादा को जो जल अर्पण हुआ ऐसे पवित्र जल के छीटे उसको उड़े हैं? तो मतलब भी हो गया ना? क्या? क्या? वा, वा, वा। अपनी गलती छुपाने के तरीके तुम जेब में ही घूमते हो न बिल्कुल वैसे ही जैसे मुझसे झगड़ा करने के मौके तू अपनी जेब में लेके घूमता है मैं झगड़ा नहीं कर जेठालाल मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ की तुम कितने लापरवाह हो अरे जल से पहले नीचे एक बार देख लेना चाहिए ना कोई है नहीं है अगर मैं लापरवाह हूँ तो, तो मुझसे भी बड़ा लापरवाह और तो तो छिटे उठने का सवाल ही नहीं उठता अभी यहाँ तुमने पार्किंग किया है तो अभी मैं यहाँ से उसको बचाने के लिए इधर भी अगर मैं करूँ तो अभी छिटे तो उड़ेंगे ही ना तेरा सखाराम को बचाने के लिए ऐसा तो मैं जल अर्पण नहीं कर सकता ना क्योंकि तो सूरज दादा उधर है ये तो दिशा ही गलत, हो जाएगी। अरे कैसे गलत हो उसके सामने तू क्या कहना क्या चाहता है चारों बाजू पूर्व दिशा है, है? नहीं नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है तो क्या क्या मतलब था तेरा जेठालाल आवाज नीचे करके बात करो